कटनी में बरी के जंगल में बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया बाघ के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया इस इलाके में बाघ पहले भी इंसानों पर हमला कर चुका है कटनी जिले के बरी वन परिक्षेत्र में इन दिनों लगातार बाघ के हमले में लोग घायल हो रहे हैं आज फिर करेला बीट के केवलारी में शौच क्रिया करने गए प्रमोद भूमिया पर बाघ ने हमला कर दिया इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे लोगों की मदद से बरी अस्पताल पहुंचाया गया मामले की सूचना लगते ही बरही वन क्षेत्र के रेंजर डॉक्टर गौरव सक्सेना डिप्टी रेंजर रामयश मिश्रा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई हां, घटना ये है कि जो हमारा करेला बीट है कर उससे लगे हुए गाँव है तो वही पे ये प्रमोद भूमिया है आ, हाल, आ, ये वहाँ पे शौच कर्म निकली गए जंगल में भी तो वहाँ पर बैठा देखकर के टाइगर को भ्रमित होकर जैसे फसुआ तो उन्होंने पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश किया पर जैसे ही खड़े हुए चले गए उस दौरान जो कुछ नाखन लगे हैं पे और कंधे पे नाखन लगे हैं और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी बरेला पे के आसपास टाइगर का मूवमेंट था जिसको कि वहाँ पर कैमरे लगाए गए ट्रैप कैमरे लगाए गए बानूवी टी भी वहाँ विजिट कर रही है और वहाँ भी आ रहा है लोगों को सावधानी दी गई है कि अभी कुछ दिनों की वो जंगल में ही आके जाए टाइगर ने इसके पहले भी 8 सितंबर को एक व्यक्ति पर हमला किया था एक सप्ताह में ये बाघ के हमले की दूसरी घटना है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि कोई व्यक्ति जंगल की ओर ना जाए इसके बावजूद लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और बाघ के हमले से घायल हो रहे हैं बाघ जंगल में है जंगल में ही रहता है वो जंगल में जाता है क्योंकि बाघ मांसाहारी जानवर है और क्योंकि ये नया बाघ दिख रहा है क्योंकि तो जो लोगों के टीम लगी हुई तो तो है बांधो तो वर्ष की भी चीज आई हुई है जो हम लोग देख रहे ये सब एडल्ट बाघ है और ये अभी मानसिक सुटार हुआ है तो अभी को तो भी अनुमानपुर गिनती हुई है तो गिनती का भी रिजल्ट आया नहीं है पर जो तो एक अनुमानता कटनी जिले में बांधोवर तो तो से लगा होने के कारण बाघ करते रहते हैं आते जाते रहते हैं आठ से दस बाघों की रिपोर्टिंग हम लोगों के पास है अगर ग्रामीणों के जगह से हाथीपुर हाथी घर हाथी को भी बुलाया गया है बांधोव से चल चुके हैं तो संभवता कल तक पहुँच जाएंगे और उनको हम हम प्रयास कर रहे हैं कि जंगल तक ही सीमित करें ड्रोन की सहायता क्योंकि ड्रोन जंगल क्षेत्रों का बढ़ाव होने के कारण उसका बहुत अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा है मुझे तो इसकी सबसे अच्छी माने कि हम टाइगर उसके अपना एलिफेंट से कर सकते हैं एलिफेंट हम चल चुके हैं उस संभवतः बहुत आसान तक कि अटल सुबह तक जाएंगे ये घटना जो आप बता रहे हैं ये दो हुई थी आज की घटना है जिसका प्रारंभिक तो तो तो तो उसको साप्ताहिक सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया जहाँ पे इलाज चल रहा है जो भी उसके इलाज में गया वो विभाग तो के द्वारा तो ग्रहण किया जाता है प्रतिदिन उसके मजदूरी के हर जाने के रूप में जितने दिन वो हॉस्पिटल में रहेगा या काम करने योग्य रहेगा पाँच प्रतिदिन शासन में नियम है उसको हर जाना जाने इसके पहले तीन चार दिन पहले पिछले हफ्ते एक आदमी को घायल किया था उसको प्रारंभिक उपचार तो वहाँ पे दर में कराया उसके बाद वहाँ से रेफर करा के उसको एम जी हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया और उसका बराबर इलाज किया कराया जाना है जो भी उसके इलाज पे गया जो भी उसके प्रशासन के द्वारा प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है